फिर से आपका स्वागत है तो अब हम टरबाइन से संबंधित एक और सामान्य प्रॉब्लम पर विचार करेंगे मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम पढ़ता हूँ टरबाइन को स्टीम एच से सप्लाई की जा रही है यानी इनलेट एंथाल्पी 3.2 पॉइंट मेगा जूल्स पर केजी के बराबर है और निष्कासित होती है एच ई इक्वल टू टू पॉइंट फाइव मेगाजूल्स पर केजी। एंट्रेंस और एग्जिट वेलोसिटीज क्रमशः 170 मीटर पर सेकंड एंड 280 मीटर पर सेकंड है हीट लॉस 50 किलो जूल पर केजी है तो वर्क डन कितना हुआ? अब आपको मालूम हुआ कि मास फ्लो रेट नहीं दी हुई है तो हम वर्क डन को पर किलोग्राम के आधार पर ज्ञाप्त करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं स्टडी सिस्टम्स के लिए फर्स्ट लॉ को फिर से लिखते हैं तो हमारे पास है Q डॉट माइनस डब्लू डॉट एस इज इक्वल टू एम डॉट एच ई माइनस एच आई प्लस वी ई स्क्वाड बाई टू माइनस वी आई स्क्ड बाई टू प्लस जी जेड ई माइनस जेड आई यहाँ नोटिस करें कि एच ई e और एच आई के लिए दी हुई संख्याएं हैं 3.2 पॉइंट टू मेगाजूल पर केजी जी एच के लिए जो किलो जूल पर केजी में है जिसे लिखा जाता है 3200 टू किलो जूल पर केजी, जहां एच है 2.5 पॉइंट फाइव पर केजी, जिसे 2500 फाइव किलो जूल पर केजी लिखा जा सकता है और आप नोटिस करेंगे कि ये संख्याएं हैं जिसके बारे में मैंने पिछले सत्र में चर्चा की 3200, 3300, 3400 थर्टी किलो जूल पर केजी के करीब टरबाइन के लिए इनलेट है और एग्जिट पर कहीं भी 2500 टू 2600 सिक्स हंड्रेड किलोजूल पर केजी आप अपेक्षित कर सकते हैं तो ये टिपिकल संख्याएं हैं यकीनन आप जानते हैं यदि टरबाइन में इनलेट हो बहुत कम प्रेशर पर आपको यहां बहुत निचली संख्याएं प्राप्त होंगी मगर फिर भी संख्याएं 2900 या कुछ और के करीब होंगी अब आप नोटिस करें वी के बारे में क्या कहा जा रहा है अब हमें मालूम है वी को 280 मीटर पर सेकंड लिखा गया है वी है 280 मीटर पर सेकंड है गौर करें हमने पिछले सत्र में क्या कहा था कि सिर्फ जब हमें वेलोसिटीज 300 के करीब प्राप्त होना शुरू होती है जो 100 मीटर पर सेकेंड से कई अधिक है तो क्या वे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स महत्वपूर्ण होना शुरू हो जाते हैं अब 280 मीटर पर सेकेंड काफी महत्वपूर्ण है 39.2 किलो जूल पर केजी और यदि आप वी आई को देखें वी आई भी काफी अधिक है यह करीब 170 मीटर पर सेकंड है तो वी आई स्क्वाय बाई टू बराबर है जो आप देखेंगे अभी तक 14.45 किलो जूल पर केजी है ये महत्वपूर्ण है कोई संख्या जो 1 किलो जूल पर केजी से ऊपर हो को हम काफी महत्वपूर्ण मानेंगे ZE और ZI के बारे में क्या कहा गया है कुछ नहीं तो हम एक एजेंशन करते हैं तो मुझे इसे एजेंशन की तरह कहने दीजिए करीब करीब बराबर है शून्य के Q डॉट के बारे में क्या अब ऐसा लगता है जैसे टर्बाइन एडियाबैटिक नहीं है और Q डॉट 50 किलो जूल पर केजी के ऑर्डर के का है और यदि आप डेल्टा एच को देखें जो 700 किलो जूल पर केजी के आसपास है आपको मालूम होगा कि फिफ्टी नेग्लिजिबल संख्या नहीं है और हमें इसे विचार में लाना चाहिए तो अब हमारे पास सारी संख्याएं हैं हमारे पास एम डॉट नहीं है लेकिन आप लिखेंगे मेरा मतलब है हमें वास्तव में क्यू डॉट बाई एम डॉट दिया हुआ है या सिद्ध हुआ है तो अब मैं इक्वेशन को Q डॉट बाई एम डॉट के टर्म्स में लिखता हूँ और Ws एस डॉट एंड एम पूरी इक्वेशन को m डॉट से डिवाइड करने पर आइए देखते हैं कि यह कैसे प्राप्त होता है हमारे पास फर्स्ट लॉ Q डॉट बाई एम डॉट के रूप में लिखा हुआ है ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को m डॉट से डिवाइड किया है दाए तरफ कोई m डॉट नहीं है वहाँ सिर्फ he ई माइनस एच आई प्लस वी ई स्क्वाड बाई टू माइनस वी मैं अब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को नहीं लिख रहा हूँ हमें चाहिए डब्ल्यू डॉट एस तो हम अन्य सभी चीज़ों को दाएँ तरफ रखते हैं और हम लिखते हैं डब्ल्यू डॉट एस बाई एम डॉट इज़ इक्वल टू क्यू डॉट बाई एम डॉट माइनस एच ई माइनस एच आई माइनस वी ई स्क्वाड बाई टू माइनस वी आई स्क्वायर्ड बाई टू आपको मालूम हुआ कि यह संख्या नेगेटिव है क्योंकि आप हीट लूज़ कर रहे हो यह -50 फिफ्टी किलो जूल पर केजी है HE HI हमें मालूम हुआ 2500 3200। यूनिट सही है यह किलो जूल पर केजी है VE वी ई स्क्वाड बाई टू इज थर्टी किलो जूल पर केजी जी और वी आई स्कू इज फोर्टीन पॉइंट फोर किलो जूल पर केजी। आप देखेंगे कि यह इक्वल टू माइनस फिफ्टी है यह नेगेटिव संख्या है और यह नेगेटिव प्राप्त होती है और नेगेटिव यह पॉजिटिव है प्लस सेवन हंड्रेड और हमें मिला माइनस ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव और सभी के समान यूनिट्स हैं यह किलो जूल पर केजी है और हमें अंत में यह सिक्स ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू फाइव किलो जूल पर केजी प्राप्त होता है तो यह डब्ल्यू डॉट एस बाई एम डॉट है यह टरबाइन का स्पेसिफिक वर्क आउटपुट है 625.25 ट्वेंटी फाइव किलोजूल पर केजी के ऑर्डर के का यह हमने पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को निगलैक्ट किया है लेकिन हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स को विशिष्ट रूप से शामिल किया है क्योंकि वे काफ़ी बड़ी हैं 100 मीटर पर सेकंड से अधिक कोई वेलोसिटी हमें काफ़ी महत्वपूर्ण काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स देगा और क्यू डॉट भी निगलिजिबल नहीं था 50 किलो जूल पर केजी की हीट लॉस हुई थी तो वह काफी बड़ी संख्या थी अब हमने कुछ सामान्य समस्या को विचार में लाया है नॉर्मल टर्बाइन में आपको इनलेट और एग्जिट पर इतनी अधिक वेलोसिटी नहीं प्राप्त हुई होगी यदि ऐसा केस पाया जाता है तो यह विचार करने के योग्य होगा और सुनिश्चित कर ले कि हम टर्म्स को निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं जो कि निग्लेक्ट नहीं किए जा सकते इसके बाद हम कुछ ज्यादा सामान्य प्रॉब्लम देखेंगे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद